बचपन बचपन बचपन का का का प्यार प्यार प्यार प्यार आपको अपने याद है है है कैसे भूला जा सकता उन घटनाओं से करवाता जिसे आपने पहले कभी नहीं किया इस प्यार के दौरान हुई चीजें आश्चर्यजनक हो या स्वाभाविक अच्छी हो या बुरी हमेशा याद रह जाती हैं यह चीजें आपके संपूर्ण जीवन का अहम हिस्सा बन जाती है अमूमन जिंदगी में हर चीज का

कुछ न कुछ विकल्प है लेकिन पहले और बचपन के प्यार का कोई भी कल्प नहीं उम्र बढ़ती गई हमारा प्यार हमारी प्यारी हमसे दूर होती गई, लेकिन उसकी यादें हमारे दिमाग से कभी दूर नहीं जा सकती मैंने जिससे प्यार किया था बचपन की नादानी में

ना जाने क्यों याद आती है मुझको भरी जवानी में क्या करूं अब कहा जाऊं मैं रहता हूं परेशानी में लगता है डूब के मर जाऊंगा अब चुल्लु भर पानी में लगता है डूब के मर जाऊंगा अब चुल्लु

पता है कि मंदिर की सीढ़ी चढ़ा करू उसकी यादों से बचने को हनुमान चलीसा पढ़ा करू गंगा जल छिड़काऊ घर में जब भी उसको याद करूं गंगा जल छिड़काऊ घर में जब भी उसको याद करूं

निश दिन सुबह सवेरे उठ के निश दिन सुबह सवेरे उठ के राम नाम का जाप करूं हे भगवान कर कल्याण हे भगवान कर कल्याण मैं रहता हूँ हैरानी में ना जाने क्यों याद आती है

मुझको भारी जवानी में कभी कभी लगता है कि मैं जोगी बाबा बन जाऊ कभी कभी लगता है कि मैं जोगी बाबा बन जाऊ छोड़ के सारी दुनियादारी मैं भी वृंदा बन

मुझको कुछ करना ही होगा इससे पहले कि मर जाऊ मुझको कुछ करना ही होगा इससे पहले कि मर जाऊ उसकी यादों की बांध पोटली नदिया में विसर्जित कर आऊ

ये नया पार लगा दो मैया ये नया पार लगा दो मैया जाऊं खेत खलिनी में ना जाने क्यों याद आती है मुझको भरी जवानी में मैंने जिससे प्यार किया था बचपन की नादानी में